नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल क्रिप्टो मार्केट पर हार्दिक स्वागत है और जैसा कि आप दो दिन से देख रहे हो कि मार्केट काफ़ी क्रैश था लेकिन अभी सबसे सुखद खबर ये है कि मार्केट कुछ अप हुआ है ठीक है और सबसे बड़ी जो खबर आई है वो आज है इलोन मस्क इलोन मस्क का ट्वीट जिन्होंने पूरे मार्केट को हिला दिया और ख़ासतौर पर डॉगी कॉइन को डॉगी कॉइन जो कि काफ़ी मंद चल रहा था अब वो गति पकड़ने लग गया है अभी हम फिलहाल देखते हैं डॉज कॉइन की रेट क्या चल रही है मैं आपको बताता हूँ डॉज कॉइन की रेट चल रही है इस टाइम तैंतीस और लगभग सौ पैसे ठीक है जिस वक्त एलोनमस्क का ट्वीट आया था जब इसकी गुणती अट्ठाईस इस रुपये कुछ रेट थी अभी ये तैतीस चौंतीस पे ट्रेंड कर रहा है और उम्मीद है कि अगले ट्वीट तक ये रेट आपको देखने को नहीं मिले इसकी तीन गुना या ढाई गुना रेट भी आपको देखने को मिल सकती है अगर टेस्ला कंपनी ये बोल देती है कि हम डॉक कोइन एक्सेप्ट करेंगे जैसे उन्होंने बिट को एक्सेप्ट किया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी आपको ठीक है तो अभी जो एलोन मस्क ने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट में आपको बताता हूँ ट्वीट के अंदर इन्होंने क्या कहा है एलोन मस्क ने कहा है कि हाउ मच इज दैट अभी इसका ट्वीट हम पढ़ के बताते हैं आपको कि हाउ मच इज़ दैट डॉग इन द विंडो अभी एक फ़ोटो इन्होंने शेयर की है और इसे अगर मैं जूम करके आपको बताऊँ तो जूम में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डॉग का साइन है और वन डॉलर इन्होंने इस पर लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या कहने की एक सीक्रेट मैसेज देने की कोशिश की है डॉग कॉइन के बारे में जो कि डॉग कॉइन होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ठीक है और सबसे ज़्यादा उम्मीद यही करूंगा कि आप अपने शेयर्स को होल्ड कर दें अभी कुछ भी सेल ना करें क्योंकि अभी मार्केट ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ है ठीक है अभी अपडाउन की स्थिति से गुजर रहा है तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है आप अपने शेयर्स को रखें बेचना कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल अभी थोड़ा मार्केट को एक बार देखिए आप कि कैसे अप हो रहा है कैसे डाउन हो रहा है हो सकता है कि एक बार मार्केट और क्रैश हो ठीक है तो सबसे बड़ी खबर आज डॉक कॉइन होल्डर्स के लिए है और भी बाकी कॉइन्स में आज ग्रोथ देखने को मिली है लेकिन उतनी नहीं ठीक है सिब्बा इनू के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा कि सब्बाइनू कैसी ग्रोथ करेगी कैसे नहीं करेगी क्या वो एक रुपये पर जाएगी एक रुपया बहुत मुश्किल है सब्बाइनू ये मान के चलो आप बीस पैसे पच्चीस पैसे भी चले जाए तो बहुत बड़ी बात है ठीक है और डॉक के बारे में आपको बता देता हूँ ये मीम कॉइन है जो कि क्रिप्टो करेंसी है जो कि ऐसे ही अप-डाउन होती है जब एलोन मास्क जब कोई सपोर्ट में खड़ा होता है तो ये बढ़ जाएगी वरना ये एक रुपए भी आ सकती है इसका कोई भरोसा नहीं है लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि एक रुपए पर ये ट्रेंड करे अभी तो यही है कि ये आपकी सीधा आपकी जो रेट जो देखने को मिलेगी अगले सात आठ दस दिन आप वेट कीजिए अगले वीक का ही इंतजार रहेगा कि एलोन मास्क साहब ट्वीट करें तो ये डॉज कॉइन काफ़ी प्रॉफिट में देकर जाएगी तो अभी देखिए आप इसकी रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है और अगर मैं बोलूँगा कि अगर मार्केट के अंदर आपको एंट्री करने का टाइम है तो अभी एंट्री मत कीजिए थोड़ा सा वेट और कीजिए इसके अंदर कि जैसे ही ये 28 उन्तीस 27 पर आए तो आप यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं ज़्यादा नुकसान होगा नहीं आपको लेकिन ये नहीं कि आप इसमें चालीस पे पैंतालीस पे आप इस पर एंट्री लो चालीस पैंतालीस पे एंट्री लेना बिल्कुल ही मुरखतापुर काम हुआ धन्यवाद थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो जल्द ही सिब्बा कोइन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि सीबा कोइन कितना जा सकता है कितना लूज हो सकता है ठीक है वैसे सिबा कोइन तीन पैसे तक आ चुका था इससे कम तो होने का चांसेस बचता ही नहीं है ठीक है तो सिबा दस बीस तीस पे भी आपको लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए है आपको इसमें होल्ड करना पड़ेगा आपको इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा पैनिक नहीं होना है कि ये तो रेट डाउन हो रही है मैं अपने शेयर्स बेच देता हूँ बेचना कुछ भी नहीं है होल्ड करके रखिए पाँच सात दिन के अंदर ये मार्केट पूरा स्टेबल हो जाएगा उसके बाद में आप कुछ से सोच सकते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए धन्यवाद थैंक यू सो मच